सुने 1970 में 10 ग्राम सोने का औसत मूल्य एक तक पहुंच गया 1980 में यह 1330 रुपये हुआ और 1990 आते आते 3200 रुपये को पार कर गया HDFC डी सिक्योरिटीज़ के अनुसार 2000 से 2010 के बीच सोने का रेट 4400 से बढ़कर 18500 हो गया